जो कि अब सुबह के छह बज रहे हैं जो कि हम आ चुके हैं दौड़ करने के लिए तो ये हमारा दो जो कि आज तो बंदे नहीं आ पाए काम पे गाड़ी खड़ी है, के पास, हम रहे का यहाँ पे मेट्रो तो पम्पा है यहाँ पे सुबह सुबह भी कितनी गाड़ियाँ चलती हैं सुबह सुबह भी आने की सुबह खाने की कोशिश कर लेकिन पोल्यूशन इतना ही पाता है यहाँ पर तो गाड़ियाँ जाना है यहाँ पे खेतों का थोड़ा माहौल दिखा देते हैं आपको तो। को देखो नीश और मैं। आज हम दोनों ही जा रहे हैं और हमारे साथ नहीं आ पाए आज दो तो कुछ काम लग गया था इसलिए हम दोनों आ गया सजा है, के, सब की नजर आ है हर चीज राज सकी तो रब है जो है वो समा है तुम तो रह तो सके मना लगाने की कोशिश कर रहे हैं गांधी जी का जन्म तो दो अक्टूबर है आज महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाए Asi ji, chupa chupa hai. Asi ji, ham na baaye. Asi zindagi ham chupa chupa hai. Ham na aaye aaye aaye ham na aaye. Asi ji, chupa chupa hai. Asi ji, ham na baaye. si ji development kar na chip chip bye na chip chip bye na chip chip bye mere mare jo choti jal a sa na chip chip bye na chip chip bye na chip chip bye 2 3